वेलकम टू आई टी आई चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज मैं आपके सामने मैथमेटिक्स का फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हुआ हूँ जो कि सिंपल इंटरेस्ट है अब हम सिंपल इंटरेस्ट के कुछ फार्मूले यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला है एस आई का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट हिंदी में साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर धर्मे समय बटे सौ मूलधन अगर, तो अच्छा, अगर हमें मिश्रधन निकालना होगा तो p si मतलब मूलधन प्लस का साधारण ब्याज अब अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज निकालना होगा तो मूलधन माइनस मिश्रधन करेंगे अब अगर हमें मूलधन निकालना होगा तो मिश्रधन माइनस साधारण ब्याज अब हम देखें P का मतलब है मूलधन P का मतलब है मूलधन इंग्लिश में प्रिंसिपल R का मतलब है दर, में A हो हो गया गया हमारा हमारा मिश्रधन, SI सिंपल इंटरेस्ट हिंदी में, में साधारण ब्याज एन हो गया हमारा समय अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने पहला क्वेश्चन कोई रास् दस वर्षों में तीन गुना हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी हमसे क्या पूछा जा रहा है दर का मतलब रेट आर क्वेश्चन कोई रात 10 वर्षों में रात मतलब पी बराबर कोई भी रात मान लिया एस कितना समय दिया हुआ है n बराबर 10 वर्ष कितने इतना है तीन गुना इसका एक साधारणतः फार्मूला है जो हम यूज करेंगे एन माइनस वन इंटू हंड्रेड पटेट टी अब इसमें क्या हमें करना है एन का मतलब है कितना दिया हुआ है दस वर्ष तीन गुना कोई राष्ट्र साधारण व्याप की दर से वर्षों में n गुना हो जाती है तो हमें क्या करना है जो भी ये n दिया होगा हमें इस वैल्यू की मान मान नहीं रखना है हमें रखना है गुना जो होगा ये n होगा तो n बराबर हमारा कितना तीन गुना अब t बराबर हमारा कितना दिया हुआ है समय ये हमारा t होगा ये हमारा n होगा बराबर हमें कितना दिया हुआ दस वर्ष आप हम इस फॉर्मूले में रखेंगे एन माइनस वन का मतलब थ्री माइनस वन मल्टीप्लाई हंड्रेड बटेड कितना दिया हुआ दस वर्ष तो तीन में से एक दिया दो मल्टीप्लाई सौ दर ये जीरो जीरो से दीरो कट गया गया गया तुम्हारा तुम्हारा कितना आ गया? 20। तुम्हारा आ गया? 20 अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है एक साधारण ब्याज पर पांच वर्षों में तीन गुना हो जाती है तो वह कितने वर्षों में पांच गुना हो जाती है नेक्स्ट है हमारा इसके लिए तो हम फार्मूला लगाएंगे एन 1 माइनस वन बटे टी वन इज इक्वल टू एन टू माइनस वन बटे टी, टी टू अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है एक राशि साधारण ब्याज जा है पांच दिया तो हुआ है तीन और कितने वर्षों में पांच गुना हो जाएगी अब हमसे पूछ क्या रहा है एन टू की वैल्यू पूछ रहा है गुना हो जाती है तो हमें वन कितना दिया हुआ है पांच तीन हो गया n2 हमें दिया हुआ हुआ है, है, है, है? पांच, क्या हमें हमें t1 t1 दिया कितने वर्षों में हो अब करना n1 की की की जगह जगह हम रखेंगे 3 1, n2 वैल्यू कितनी t2 निकालना है तो मैं क्या मल्टीप्लाई कराना है। तो टी टू थ्री माइनस वन इज इक्वल टू पांच पांच माइनस वन तुम्हारा आ जाए फाइव में से तुम्हारा काटा फोर बच गया t2 बराबर आ गया हमारा टी टू टी टी t2 बराबर हो जाएगा 5 गुणे फोर बटे टू तो t2 टू की वैल्यू हो जाएगी 5 को बीस बटे दो तो हमारा t2 कितना आ गया 10 यही इसमें पूछा था सेकेंड नंबर था एक आज साधारण जात पर पांच वर्षों में तीन गुना हो जाती है तो वन का मान हमें दिया हुआ था तीन और उसके बाद हुआ था t2 की t1 हमें दिया हुआ था ये ये t1 दिया दिया दिया हुआ हुआ था था हमें एन वन एन टू पांच ये तो तो मैं इतनी की थी T1 दिया दिया दिया हुआ हुआ था था था था बराबर हमें हमें हमें और और T2 निकालना n2 से निकाला था। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री है एक राशि साधारण प्याज पर तीन प्रतिशत की दर से चार गुणी हो जाती है तो वह कितने प्रतिशत की दर से सात हो जाएगी अब इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे एन वन माइनस टू एन टू माइनस बटे 1 r2। अब हमें देखते हैं n1 कितना दिया हुआ है एक रात साधारण तीन प्रतिशत की दर से मतलब R1 बराबर की, तो मतलब, तो की दर से सात गुनी हो जाएगी तो हमसे पूछा गया R2 बराबर कितने प्रतिशत की दर से सात गुनी हो जाएगी तो एन बराबर सात ये हमें चार चीजें दी सबसे पहले दिया गया हुआ है बराबर और एन बराबर हमें चार हमें दिया गया हुआ हुआ है है है है हो जाती तो हमें का का यूज़ करना सबसे पहले मान कितना दिया टू का मान कितना दिया हुआ है सात माइनस वन आर टू हमें निकालना है क्रॉस में है। का करा दे चार से एक काटा, तीन बटे तीन, बटे, तो थ्री तो r2 बराबर क्या आ जाएगा हमारा हमारा प्रतिशत प्रतिशत आती वो में आती है है में ये तीसरा क्वेश्चन क्वेश्चन हो गया अब हम नंबर चार देखेंगे p का मतलब प्रिंसिपल दिया गया सोलह सौ रुपए आर का मतलब दर रेट में दिया गया 5 परसेंट एन का मतलब समय दो वर्ष ऐसा है कि मतलब साधारण ब्याज तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हम कौन सा लगाएंगे बटे सौ तो हमें मूलधन कितना दिया हुआ है 1600 सौ दर कितनी दी हुई है पांच समय कितना दिया हुआ है दो वर्ष बटे सौ तो ये दो जीरो जीरो सोलह पंचे अस्सी आठ दूनी सोलह पंचे अस्सी दो आठ दून सोलह एक सौ सो साठ साधारण ब्याज कितना गया साठ रुपए फोन नंबर हो गया अब क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट दिया सात हजार रुपये आठ मतलब इंग्लिश में रेट दिया हुआ तीन का मतलब समय कितना दिया हुआ है तीन वर्ष निकालना है मतलब प्रिंसिपल मूलधन मूलधन निकालना है है तो निकालने के लिए क्या फार्मूला ऊपर आपको बताए हुए थे मूलधन के लिए साधारण ब्याज सिंपल इंटेस्ट उन्हें सौ बटे n तो मैं सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है सात हजार उन्नीस सौ आर कितना दिया हुआ है तीन, तीन तो क्या करना है मल्टीप्लाई करा देते हैं एक दो तीन चार पाँच तीन का नौ अब नौ से इसे डिवाइड करेंगे जो आएगा वो इसका आंसर होगा अब हम क्वेश्चन नंबर एस आई मतलब सिंपल इंटेस्ट दिया है बारह सौ रुपए एक हजार क्या दिया हुआ है एस आई मल्टीप्लाई हंड्रेड एस आई मल्टीप्लाई 100 आर साधारण प्याज में दिया हुआ है बारह सौ बटे दो पी की है, हजार तीन जीरो दो एक तीन जीरो कितना बच गया एक सौ बीस बटे दो तो आ गया हमारा सात p बराबर कितना आ गया साठ वर्ष अब क्वेश्चन नंबर आठ देखेंगे क्वेश्चन नंबर सात p बराबर चौदह सौ रुपए ए बराबर एक हजार तो पैस निकाली साधारण ब्याज बराबर आपके सामने लिखा है p माइनस ए तो p माइनस A, P का का मान मान कितना कितना दिया दिया दिया हुआ दिया हुआ तो है है, 1200, मतलब दिया हुआ है? है? है A A 1000 तो हमारा हमारा आ गया साधारण ब्याज अगला क्वेश्चन नंबर बराबर 1200 मतलब मिश्रधन और साधारण ब्याज दो निकालना क्या मूलधन तो हमें किस फार्मूले से निकालना है P मतलब बराबर a माइनस एस मतलब a हो गया si हो गया साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट तो क्वेश्चन नंबर आठ बराबर a एस आई ए कमान कितना दिया हुआ 1200 माइनस एस आई ये कितना आ गया हमारा 200 माइनस किया तो हमारा एक हजार रुपये प्रिंसिपल आ गया इस तरीके से साधारण ब्याज रिलेटेड हमने आपको कुछ क्वेश्चन बताए और ये फार्मूले बताए आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक फॉर वॉच